मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया वहीं परासिया में भी बारिश के चलते किसानों की फसल को नुकसान हुआ है विधायक सोहन वाल्मीकि ने नुकसान का जल्द सर्वे कराकर उचित मुआवजे की मांग की है परासिया विधानसभा में भारी बारिश के चलते ग्रामीणों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है अधिक बारिश के कारण आवास क्षतिग्रस्त हुए वही किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई है विधायक सोहन वाल्मीकि ने जल्द नुकसान का सर्वे कराने की मांग की है वाल्मीकि ने कहा कि बारिश में जो भी नुकसान हुआ है उसका सर्वे प्रशासन करे और मुआवजा राशि देकर किसानों को राहत दी जाए इसके साथ ही आवासों को भी सुधारने का काम किया जाए जिससे लोगों को राहत मिले अधिकारी को हमने ज्ञापन सौंपा है हमारे जितने पंचायत और मेरे द्वारा एक एक दिया कि उसमें नगरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई मकान अति वारिश के कारण भे गए बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और जिनके मकान गिरे हैं वो अति गर्मी में देखा में के नीचे आते हैं बहुत गरीब लोग हैं आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको दोबारा मकान बना उनका अधिकार से इसमें तो नहीं बचा हुआ है इसलिए हमने प्रशासन से मांग किया है कि उनके जो मकान गिरे हैं उनको कितना मुआवज़ा मिले शासन की तरफ से ताकि वो अपने मकान का